एनटीपीसी सिंगरौली में सीएसआर के अंतर्गत ग्रामीण क्वालिटी सर्कल की टीम ने गोल्ड अवार्ड हासिल किया वाराणसी में आयोजित क्षेत्रीय अधिकारियों ने टीम को बधाई दी वाराणसी में सी एस आर के तहत आयोजित प्रतियोगिता में ग्राम विकास और माचुआला ने गोल्ड हासिल किया एन सिंगरौली की दोनों टीमें क्यू वाराणसी में क्षेत्रीय स्तर में स्वर्ण अवार्ड जीतने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी एनटीपीसी परियोजना प्रमुख बसुराज गोस्वामी ने विजेता टीम को बधाई दी इस प्रतियोगिता में अन्य कॉर्पोरेट एजेंसियों के पुरुष कर्मचारियों के साथ एनटीपीसी ने गोल्ड अवार्ड जीता था उन्होंने ये भी कहा कि बालिका सशक्तिकरण एनटीपीसी टी पी सिंगरौली के प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु एन सिंगरौली कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता है